Okay. आप देख रहे हैं हैं हमारा YouTube आज हम आपके लिए लेके कद्दू और दोज के ले के हैं चने की दाल की रेसिपी। इसके लिए हमने, हमने इसको हमने इस तरह क्यूब की शेप में काट लिया और इधर हम मसालों में लेंगे हसबे जरूरत मैंने आधा चम्मच नमक का ले लिया आधा चम्मच हल्दी ली है और एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया गरम मसाला लिया मैंने एक चम्मच टमाटर लिए हैं तीन दरमियाने साइज़ के उनको काट लिया एक चम्मच बड़ा वाला लहसुन ले लिया और एक चम्मच अदरक लिए मैंने प्याज़ हमने एक छोटी ले लिए है उसको इस तरह से काट लिया एक हमने बड़ी इलायची ली आधा चम्मच ज़ीरा लिया आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ले लिया और तीन हमने ले ली हरी मिर्च दरमियानी साइज की इसको ऐसे काट लिया हमने हरा धनिया लेंगे ये चने की दाल है इसको हमने आधा घंटा भिगो के रख दिया था अच्छे से वॉश करके अब हम इसमें पानी डाल के इसको बॉयल करेंगे पहले ये देखें इसमें पानी डाल दिया है हमने और अब हम इसको दस मिनट का प्रेशर लगा के रख देंगे फिर इसके बाद देखेंगे दाल हमारी गल गई है एक एक चम्मच इसमें हमने ऑयल डाल के इसको हल्का सा गर्म कर लिया इस, इसमें हम ये प्याज़ डाल देंगे देखिए प्याज हल्का सा हो गया ब्राउन इसमें ये जो हमने मसाले लिए थे एक चम्मच सबसे पहले हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसका अच्छे से कलर आए प्यारा सा कलर आए देखिए साथ इसमें हम एक घून पानी डाल देंगे से भून ली हमने अब इसमें हम बाकी सारे मसाले डाल देंगे इस तरह से आप सालन पका पकाते हुए प्याज भूनने के बाद मिर्चें डाला करें इससे बहुत अच्छा कलर आता है सालन में ये देखें सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे पाँच से दस मिनट थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मसाले को अच्छे से भूनेंगे ये देखें बहुत अच्छे से मसाला हमारा भून गया है इसमें मैंने चार चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैं फेंट के डाला और उसको हल्की आंच पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था हल्की आंच पे और दही को जो है मिक्स होने दिया करें फिर नहीं तो गुकलियाँ बन जाती हैं सालन में दही मैंने इसीलिए डाल दिया ग्रेवी होने के लिए टमाटर भी हमने डाले हैं प्याज हमने कम डाली थी क्योंकि दाल में इसमें प्याज कम डाल देखे अब हम ये कद्दू डाल देंगे ये कद्दू शरीफ इसे कहते हैं इसका सालन ज़रूर आप बनाया करें इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं बहुत सारी बीमारियों से इसका इलाज होता है तो इसे आप ज़रूर बनाया करें बच्चों को भी खिलाया करें इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे भी ज़रूर आपके पसंद करेंगे देखें इसको अब हम भून लेंगे थोड़ा सा तो ये देखिए कैसा रेड रेड कलर सालन का आया है कितना अच्छा लग रहा है मज़ीद अब ये अच्छा बन जाएगा कलर भी और जयका भी इसका जि, जितनी हम बुनाई करेंगे सालन की गोश्त की जिसकी भी करेंगे सब्ज़ी दाल तो जितनी हम बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा हमारा सालन बनेगा तैयार होगा ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये जो है हमारे कद्दू तैयार हो गए तो जो ये देखें इधर मैंने दाल बॉइल की थी ये देखें ये भी बहुत अच्छे से गल गई है ये देखें ये देखें अब इसमें हम ये दाल ऐड कर देंगे इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसकी पाँच मिनट भुनाई की है देखें ये ऑयल निकलना शुरू हो गया अब इसकी हम मज़ीद पाँच मिनट और बुनाई करेंगे इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब तो ज़रूर करें जिन जिन ने हमें अभी तक सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया इसी तरह हमें आगे भी सपोर्ट करें मेरे चैनल को प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ये देखें इसकी हमने पाँच मिनट और बुनाई मज़ीद कर ली है ये देखें इधर भी ऑयल आने लग गया है ऊपर भी सब जगह ये साइडों पर ऑयल आ गया है तो इसका मतलब ये तैयार है अब मैं इसे आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ ये देखे जी तैयार है हमारी ग्रेवी वाली कद्दू चने की दाल देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये कितनी शानदार और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनी है तो अब ये मैं इसके ऊपर तीन ये टमाटर लगा देती हूँ हरा धनिया सब्जी दाल की जान ये इसके ऊपर थोड़ा कर देंगे हम स्प्रिंकल और ये गरम मसाला के सा ये देखिए जी दो मैंने इस तरह से हरी मिर्च रख दी आप इसको काट के भी रख सकते हैं सैलड के साथ रायता के साथ इसको गरम गरम रोटी के साथ आप खाएं बहुत ही ये मज़े की बनी है इसे आप ज़रूर ट्राई करें मुझे कमेंट में बना के बताएँ कि ये आपको किस तरह की लगी है चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए लाला हाफिज़